सिंगरौली में बाईस जनवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आगमन होने जा रहा है इस दौरान वे जिले को कई बड़ी सौगाते देंगे वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष राम गुप्ता ने जिले वासियों और छात्रों से अपील की है कि सभी लोग मुख्यमंत्री के साथ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के स्वागत वंदन अभिनन्दन के लिए उपस्थित रहे बाईस जनवरी को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली आरोप रहे हैं इस दौरान वे जिले में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे साथ ही दोनों मंत्री व मुख्यमंत्री जिले में विभिन्न हितग्राहियों को लाभान्वित भी करेंगे जिनमें आवासीय भू अधिकार पट्टा व किसान सम्मान निधि की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खाते में अंतरित करेंगे वहीं सिंगरौली भाजपा जिला अध्यक्ष गुप्ता ने जिले वासियों और छात्रों ऐसी अपील की है की सभी लोग मुख्यमंत्री शिवराज और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत वंदन अभिनंदन करने के लिए उपस्थित रहे करके आई है जिस तरह से हम सभी कार्यकर्ता बैठक किए है, है सभी कार्यकर्ताओं को हमने काम बांटा है सभी कार्यकर्ता पूरी तन मन से लगे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय रक्षा मंत्री जी को कि जिस तरह से सिवरौली को बड़ी सौगात दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे कमजोर वर्ग के लोग थे यहाँ पर जिनके पास जमीन का टुकड़ा नहीं था उनके उनको रहने के लिए छत नहीं था उनको 25,000 और 412 सौ बारह भू भू अधिकार उनको दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कल 22 तारीख को आ रहे हैं माननीय रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं हमारे सारे कार्यकर्ता उसमें लगे हुए हैं और मूर्तः गढ़ारा में पहले उतर करके हमारे दोनों माननीय मंत्री वहाँ पर संतावन लोगों के साथ बैठ करके वो भोजन करेंगे उनको भू अधिकार देंगे निश्चित ऐसा जो ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिला सबसे बड़ा छोटा जिला होते हुए भी सबसे ज्यादा यहाँ पर हितग्राहियों को लाभ दे रहे हैं इतना बड़ा लाभ कहीं नहीं है मध्य प्रदेश के जिले में जो भी हमारे बावन तिरपन जिले हैं उसमें से सिंगरौली सबसे ज्यादा पच्चीस तो कल ही करेंगे ऐसे 32000 की गणना हुई है ये बके जो, बाकी जो बचे हितग्राही होंगे उनको बाद में दूसरे चरण में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं तो निश्चित है यहाँ का उत्साहित भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्साहित हैं यहाँ पर हमारे व्यापारियों बंधु उत्साहित हैं यहाँ पर जो माइनिंग कॉलेज का भूमि पूजन हो रहा है जिस तरह से कई वर्षों से यहाँ के युवा साथियों की हमारे सभी जनप्रतिनिधियों की मांग थी तो निश्चित ये बहुत बड़ी सौगात है यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा